सैमसंग लोअर को खुश खबर सैमसंग ने लॉन्च किया है गैलेक्सीमार्टफोन इसमें आता है चार हजार पांच सौ मिली एम पेयर की बैटरी विथ ट्वेंटी फाइव वायर चार्जिंग एंड फिफ्टीन ऑट वायरलेस चार्जिंग इसमें आता है ट्रिपल रेयर कैमरा एंड फ्रंट में आता है 32 टू का पंक् होल डिजाइन सेल्फी कैमेरा ये फोन चार कलर में अवेलेबल है और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आता है 5499 में तो ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब